आंसू छुपा रहा हूँ तुमसे दर्द बताना नहीं आता बैठे बैठे बिग जाती है बल्कि लेकिन दर्द छुपाना नहीं आता